वर्ल्ड में क्या चल रहा है यार मैं नितिन भाई के ग्रुप में हूँ जिसको भी मिलना है आ जाओ हैं ये कौन सा नितिन भाई आ गया यार मुझे भी मिलना है यार कौन है वो नितिन ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसे नाम वाला है नितिन भाई ये देखो इस बंदे का नाम बिल्कुल आपके जैसा है मेरे को लगता है ये आप हाँ हाँ ये मेरा फैन ही है अबे मैं फैन वैन नहीं हूँ मैं असली नितिन फ्री फायर हूँ अबे नहीं नोबड़े मैं हूँ अरे भाई चुप रहो। नितिन भाई बहुत अच्छी शायरी सुनाते हैं चलो एक काम करो तुम दो, दो सातल कर लो चल ठीक है फिर सुन मेरी शायरी नितिन भाई तुम अंदर ऐसी बड़े हरामी हो पर दिखने में मासूम ब्रो ढूँढ लेंगे तुमको हो जाओ कहीं भी घूम ब्रो और भगवान ने जब गधे और बंदर को मिलाया होगा ना तब बने हो तुम ब्रो ये बात चलो अब मेरी शायरी सुनो ये मेहनत करके बनाया ये नाम बना नहीं तकदीरों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे फकीरों से एक उम्मीद लेके शुरुआत करी थी मैंने जीरो से और फ़कीर कभी मैं भी था आज तेरा भाई कम नहीं किसी हीरो से